क्या ला रहे जल्दी ला आ चुके हैं रात के बज रहे हैं ग्यारह और ये लेकर आए अपने होटल होटल लेके ये देखे, देखे। अपने कैफ़े से पिज़्ज़ा तो अभी इसको ओपन करके इसको आप ओपन करके देखेंगे लेकिन ठंडा है बहुत दूर से लाएँ तो आप भी कभी जाइएगा इनके कैफ़े में ये देखिए इनका नाम मेंशन हो रहा है यहाँ पर तो मैं फर्स्ट टाइम और ये फर्स्ट टाइम ही लेकर आए हैं अपनी के से कुछ ना कुछ कर दीजिए उनका कार्ड देखिए आप ये एड्रेस देख ले आप यहाँ का तो आप जाइएगा और अगर आपको डिस्काउंट चाहिए तो आप इस नंबर पे कॉल कर देना और मुझे डीएम कर देना चलो इसकी करते हैं हम अनबॉक्सिंग फ़र्स्ट टाइम इतना वीआईपी आई पिज्ज़ा देखा है मैंने इसको मैं गरम करके उसके बाद ही खाऊंगी अपने जूते लेकर आए हैं तो हमें बता रहे हैं काफी एक ये ये जोड़ी है। तो देखते हैं इनको। और ये। तो मुझे तो सबसे ज्यादा ये अच्छा लग रहा है तो इसको मुझे गरम करना है और सीधा मुंह में जाना है तो ये अपने जूते दिखाने में बिजी थे और हम बस पिज्जा खाने में बिजी हो रहे थे और मिले हम सुबह ही नाश्ता करते हुए तो उनके साथ नाश्ता किया आज है जुमा तो जुमे की नमाज़ पहले पढ़ी सारे काम छोड़ छाड़ के उसके बाद ही मिली आप सब। सबाई वालेकुम आप सभी को जुमा मुबारक तो मैंने जुमे की नमाज़ पढ़ ली तो बस बाकी काम करते हैं और आप सभी को जुमा मुबारक बहुत दिनों बाद मैंने जुमे की नमाज़ पढ़ी तीन जुमे की नमाज़ छूट गई थी लेकिन तो बहुत कोशिश के बाद और मतलब सारे काम छोड़ छाड़ के मैंने बोला पहले जुमा ही पढ़ूँगी मैं बाकी काम सब बाद में ही कर लूँगी लेकिन तो नमाज़ नहीं छोड़नी आज तो नमाज़ पढ़ ली है जुमे की ताकि काम कर रखे ऐसे काम तो हो गए अभी मुझे जाना है बाहर बैंक के काम से मैं वहाँ जाती हूँ बच्चों को खाना खिला लेती हूँ बच्चे स्कूल से आ गए हैं उसके बाद आपसे मिलती हाँ जी तो अभी मैं जा रही हूँ मेरे कपड़े डालने टेलर को तो आपको कौन कौन सी ड्रेस है वो भी बता देती हूँ आपको चलो बताती हूँ आपको तो इसको बताती हूँ पहले आपको ओपन करके ये ये है है ऐसा अच्छा सनाया मैं नीचे बना रही तो ये मेरे पास कलर नहीं है। नहीं अभी तक पहना मैंने तो तो तो तो तो तो तो तो तो चलो इसको कोई काम नहीं है के के और ये है ये खान के ये के कपड़े हैं तो ये देखिए ये इसका कुर्ता और ये इसका प्लाजो तो मैं इसकी पेंट प्लाजो आती है ना वो चौड़ा वाला मैं सिलाऊँगी तो ये बचा सा बिक गया सेल हो गया था तो मैंने सोचा मैं बचा हुआ मैं अभी कोई ग्रास भी नहीं आ रहा है और ये है पिंक मेरा फेवरेट और निशा के पापा निशा के पापा का भी फेवरेट है ये और मेरा तो बहुत ही ज़्यादा तो मैं इसका सिलाऊँगी पटियाला सूट या फिर वो खुद बता देंगी मेरे को अच्छी है वो बाजी जो सीपुर सेलर है बहुत प्यारे कपड़े सीखे मेरे और एक ये है इसका मैं सलवार को नीचे लंबी सिंपल सा और ये कुर्ता है कुर्ते का ही कपड़ा है तो उसको कुर्ता दिला देगा और एक ये है ये जोधपुर का माल है जोधपुर से लेकर आई थी मैं तो ये दुपट्टा फिर से दुपट्टा ओढ़ के दिखा रही थी इधर करो कैमरा में बनाया है तो नाच ये देखो तो मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है तो इसका भी मैं सलवार सूट के सिलाऊँगी पटियाला को सिलेगा नहीं क्योंकि कपड़ा बहुत कम है सलवार को इसको भी तरफ देते हैं ये इसका कमीज़ है ये इसमें अस्तर जाने वाला है देखिए कितना पतला है ये तो इसमें अस्तर जाएगा और तो ये इसकी सलवार है ये टॉप ये बॉटम सुन लिए भी हो गया है और एक ये है ये दुपट्टा इसका सिंपल सा है ये बताना ये भी कैसा इसको मैं उड़ के नहीं दिखाने वाली ये इसकी सलवार ये इसकी कमीज वो भी इनके एक, एक इसका और एक इसका और एक इसका अस्तर लेते अस्तर लेते हुए जाना है मेरे को तो मैं तो चलो मैं इनको अच्छे से थैली में डाल लेती हूँ और फिर चलती हूँ बाज़ार बाजार के बाद पहले इसका इनका अस्तर लेना है नीचे का तभी पाएँगे बार बार चक्कर हो जाएंगे और कुछ काम भी है बाजार में तो वो भी करना है मेरे को कर और ये। तो, तो सो रहा है है? चली बाजार। मेरे कपड़े हैं। और हम जा रहे हैं सनाया मीशा में और कपड़े डालने और कुछ सामान लेने और ये भाई देखिए भाई पूछ रहा जा कहा है और भाई अपने काम में लगा और ये देखिए खून नहीं है ये गेट का कलर है बेंगल से बहुत ज़्यादा बनते हैं यानी जी दो सूट के तो अस्तर मिल गए इनके लेकिन एक का नहीं मिला तो बाद में जो काम था वो लिपटा कर आ गए आते टाइम हमें बुट्टा खाने की इच्छा हो रही थी बारिश में बहुत अच्छा लग रहा था घर आते टाइम आ गई बारिश ये तो सब ये था था रहे ये ये देखिए मजा रहे खाते हुए जा हैं घर देखिए हमारी नसीब इतने अच्छे तब तब भी भी घर से निकलो बारिश आ जाती है तो चलो पड़े चलते हैं घर और ये देखिए सरकारी स्कूलों में प्यारे प्यारे बच्चे हैं निशा को भी यही डालेंगे ये देखे ये कौन सा टाइम का ये देखो बच्ची भागती है। जी तो बहुत तेज बारिश आ गई थी रास्ते में तो वाले भैया ने रोक लिया और हम खड़े तो तो फिर उसके बाद में करने लग गई थी पैंट ये देखो भाई पीछे से अभी मैं भी चाय पेंट किया है बाहर का थोड़ा सा ज्यादा नहीं किया है देखो घर ये थक कुछ भी नहीं करा थी। <laughs> कोई बात नहीं हम तो अच्छी हैं दोबारा ट्राई करेंगे <laughs> तो चलो अभी मैं चाय पी लेती हूँ आपसे बात क्या ला जल्दी ला है इसके अंदर इसके बटन है, है? देखते हैं इसको। ओह, <laughs> ये क्या कर रही हाँ तो <laughs> जी तो ये मेरा भाई मेरे को इतनी देर से पड़ेगा <laughs> <मुण। अलो> <laughs> <आता। laughs> <laughs> <आजी> तो, <गाए। laughs> <आजी> तो <गाए। laughs> ये मेरे से एक घंटे <laughs> एक घंटे से जिद बेस कर रहा है <laughs> <laughs> कि तू ये बलोक क्यों पड़ा <laughs> <laughs> क्यों देखती हूँ <laughs> so, इस भाई के साथ मिलूंगी आप बताना हम दोनों का फैसला कौन सही है और कौन फेसला गलत फेसला <laughs> अभी मैं करती इस ब्लॉग की एंडिंग क्योंकि आ चुके हैं मीसा के पापा तो मिलते हैं कल नेक्स्ट नेक्स्ट ब्लॉग में नए ब्लॉग के साथ तब तक के लिए खुश रहिए प्यार बांटिए और दो मैं याद किया जो लोग नए हैं वो सब्सक्राइब कर ले लाइक कर ले और शेयर कर दे क्या हो गंशू? ये कैसे शक्ल बनाई आपने ए, ड्रामा क्वीन ये देखिए ये देखिए इसका फेस देखिए आप देखो तो सही इसको ये नाटक करते हुए पकड़ी गई है ये देखो ये, ये ये देखो ये देखिए इसको क्या नाम है आपका नाम बताओ कच्चे में फिर पकड़े गए बहुत दिनों से आपटे फिर ऐरा फेरी के हमारे तीन घर में है अक्षय शेट्टी और प्रेस रावल तो ये है अक्षय कुमार हाँ जिस देर रात को इतनी तेज बारिश आई घर में पूरा पानी पानी पेंट खराब हो गया गए आज हमारे पिंक सिटी जयपुर में बहुत तेज बरसात आ रही है तो इसको देखो ये हमारे घर के ऊपर बहुत सारा पानी बेला हो गया है तो करीबन पंद्रह मिनट हो गए हैं बरसात को ये तो देख सकते हो आप बिस्तर को बचाया ये देखिए के निकल जाएगा क्योंकि काम इसको करना पड़ेगा इसलिए ये आपका आसान काम कर रही है पर ये भीगे हैं कपड़े और सब क्या? ये भाई ने ये हमारे भाई ने ना